पैदा हुआ वसीम तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए अस्सलाम वालेकुम मैं आपके सामने अहमद रिजवी और आज बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं एक आतंकी मुनाफिक आदमी जो अपने आप को वसीम रिजवी वसीम रिवी कहा करता था फाइनली हमने उसकी बारात को पूरे सजाकर कर बेगैरती से सजाकर चप्पलों की माला पहनाकर उसको ऐसी तरह से जलील करकर कर उसकी बारात को रुख्सत कर दिया है हमने उसकी बारात को दूसरे आतंकी जो नरभी स्वरानंद है उसके गुफा में भेज दिया है